हाँ तो भैया लोग हम गेम उतरे थे गेम उतर के जा ही रहे थे तो बंदे फायरिंग कर रहे थे फायरिंग तो भैया बोट भैया थे तो हम छोटे बोट भैया हैं मारेंगे पर भैया ये क्या है तो रियल बंदे भी आ जाते हैं तो बोट को थोड़ा देते हैं दे देना धन दन, दे देना धन दन। उसके बाद रियल बंदे जाते हैं तो उनको भी भाई समझ गए आप लोग क्या करते हैं भाई उनके साथी जो होते हैं भाई साथ निभाना साथियाँ भाई वो भी आते हैं उनको पेल देते हैं आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर कहते हैं भैया इन लोगों का लूट तो ले लिया जाए तो लूट तो लूट लेते होते हैं भैया अब मेरा टीममेट भैया पागल जैसे हरकत कर रहा था तो हमें चल रहा भैया अकेले खेला जाए तो भैया यहाँ पर लूट उठ खोल लेते तो बोट भैया यहाँ पर फिर बैठा जाते हैं तो भैया यहाँ पर लूट वूट ले लिए हम लोग तो फिर बोट भैया बैठाते हैं तो बोट भैया जो कहते हैं मिल लिया जाए भाई बोट भैया मिल लिया जाए तो बोट भैया को भैया पिस्टल से मारते हैं हम बहुत गंदा मारते हैं भैया बोट भैया को पिस्टल से मारना पड़ता है बताइए भैया ये कोई बात हुआ पिस्टल से मारने वाली तो भैया हम जाते हैं भैया मजाक कर रहे थे यहाँ पर रियल बंदे आ जाते हैं घूमते हैं घूमते भैया बोट भैया देखिए पिस्तल से मारिए भैया छः गोली में एक बोट खत्म पिस्तल के भाई डैमेज देखिए भाई पिस्तल की डैमेज डैमेज कितना है पिस्तल के तो भैया हम सोचे अब यहाँ से निकलें तब तो तक देखते हैं गाड़ी की यही ये तो भैया चले गए इनको भैया डाउन करने से पहले हमारे टीममेट किल ले लेते हैं तो भी हम सोचते हैं कोई बात नहीं तो अब तो सोचते हैं चलें हम भैया तब तक भैया गाड़ी जाती है तो भैया गाड़ी जाती है तो गाड़ी तो को छोड़ने वाले तो हम थे नहीं भैया बोट को मारने वाले सोचते हैं चलें अभी यहाँ से तो गाड़ी देखते हैं तो भैया मेरी टीममेट की उड़ जाती है कहते हैं भाई इनको भी टिपका लिया जाए तो भैया यहाँ से रिक्वायर कंट्रोल नहीं हो रही थी पसीना हो रहा था इसलिए धीरे धीरे मार रहे थे वहाँ टीममेट मार के ख़त्म कर देते हैं कहते हैं चलिए अच्छी बात है तो भैया हम घूमते घूमते जाते हैं तो भैया घूमते घूमते जाते भैया मेरी मौत ऐसी होती है चुल्लू पर पानी में डुबकर भैया किसी मारा ये तक नहीं पता चलता ऐसी मेरी मौत होती है इस गेम में आप देख सकते हैं भैया कैसी मौत होगी मेरी इस गेम में हम खुद नहीं पता कि किसने मुझको मैं कैसे मारा ये खुद मुझको नहीं पता भैया भी देखिएगा आप लोग भी पता है भैया ऐसा होता है क्या मेरे साथ आपके साथ होता है ऐसा तो भैया भी देखिए क्या मेरी मौत गया मैं भैया ये किसने मारा भैया दिखाया भी नहीं किसने मारा भैया अब मैं क्या करूँ भैया मेरा टीम मेट है भैया टीम पाकर पंक्ति करता है इसको वजह चिकन डिनर मिलते मिलते रह जाता है भैया देख लिए टीममेट कैसा है भैया खेल तो प्रो की तरह रहा है लेकिन मैं वो की तरह लास्ट में खेलने लगा भैया तो हम क्या कहें भाई भैया टीम मेट को तो बहुत देने का मन कर रहा था लेकिन क्या करें समझ गए होंगे लोग भैया टीममेट को छोड़ते हैं चलते हैं भैया मैच देख लीजिए क्या होता है अब हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेलाइकन दबाना ना बोल थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गया